के हाथ से निकलकर एक इसके अगले ही पल उस मैदान में एक अजीब सी खामोशी छा गई सभी की नजरे लारा के शरीर पर गड़ी हुई थी और अंबर दल के सारे में इस वक्त अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे जाहिर सी बात है लारा जायान, दल की जवान पीढ़ी की सबसे ताकतवर योद्धा थी सिर्फ तेरह साल की उम्र में उसने अपना शक्तियों का बवंडर तैयार कर लिया था जिसके बाद वो एक महज तीन सालों के अंदर उसने दक्ष रैंक भी हासिल कर लिया और अठारह से उन्नीस साल की उम्र में वो एक महादक्ष बन गई थी इतनी कम उम्र में महादक्ष रैंक हासिल करना वैसे तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था इसलिए लोगों को नहीं पता था कि ऐसी चीज मुमकिन भी थी या नहीं लेकिन लारा ने कर दिखाया और वैसे तो ये कोई नहीं कह सकता था कि कहना भी गलत नहीं था दिल से उसकी इज्जत किया करते थे फिलहाल उस लड़के से हार गई थी जिसे शौर्य दल का जीरो बुलाया जाता था इस वजह से दल के सभी में किसी बहुत ही ताकतवर योद्धा की तरह मानते थे अचानक से गम में डूबते हुए खुद को हारा महसूस करने लगे लेकिन इनमें से कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो लारा की ट्रेनिंग का ख्याल अपने दिमाग से हटाते हुए ध्रुव की ट्रेनिंग की रफ्तार के बारे में सोचने लगे और इस बारे में सोचकर उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ दिखाई देने लगा इस वक्त मैदान में मौजूद एक तक तक नहीं था लेकिन आज महज तीन साल बाद वो लारा के बराबर ताकतवर हो गया था और उसने महा हासिल कर लिया था इसलिए अगर कोई यह मानता था कि लारा की ट्रेनिंग की रफ्तार बहुत ज्यादा थी फिर तो ध्रुव की रफ्तार के बारे में सोचकर वो लोग इस बात पर यकी नहीं कर पा रहे थे ध्रुव ने इन तीन सालों में एकलव्य रैंक, रैंक यहाँ तक की ऐसे थे जो ज्यादातर उसकी उम्र तक पहुंचकर एकलव्य रैंक हासिल किया करते थे लेकिन यह शौर्य दल का जीरो अब अपने ताकतवर बनने के सफर में काफी आगे आ चुका था लेकिन वो लोग नहीं जानते थे ध्रुव के दिमाग के हिसाब से ये तो बस उसकी शुरुआत ही थी वहीं इस वक्त अंबर दल के बुजुर्ग भी इस बात से काफी हैरान हो रखे थे कि हजारों साल पहले जिन ताकतवर लोगों ने इकट्ठा होकर अंबर दल की शुरुआत की थी वो ताकतवर लोग लोगों के बारे में सोचकर बुजुर्गों के मुंह खुले के खुले रह गए और उनके माथे पर पसीना आने लगा लेकिन कोई नहीं जानता था कि ध्रुव की इस रफ्तार के पीछे आचार्य विदुर का हाथ था मगर गौर करने वाली बात यह थी कि अगर आचार्य ने ध्रुव की शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया होता तो हो सकता था कि शायद ध्रुव इस रैंक पर और पहले पहुंच जाता लेकिन एक बात यह भी थी कि अगर ध्रुव को आचार्य विदुर का साथ नहीं मिलता तो ना जाने वो इतना लंबा सफर तय करके मेसोडोरिया के एक नालायक लड़के से बदलकर इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता इसलिए शायद लोग सही कहते हैं कि हार में ही एक जीत छिपी होती है दूसरी ओर पेड़ के पास खड़े इंद्रवदन के चेहरे पर खौफ के साथ साथ एक मायूसी भी दिखाई दे रही थी उसने तुरंत अपने शरीर को पेड़ से टिकाते हुए गहरी सांस ली वो इस बात का लगातार अफसोस मना रहा था कि जो चीज इतनी अच्छी थी वो आज ऐसे मुकाम पर पहुंच गई थी जहाँ पहुंचकर उसने एक बेहतरीन दामाद खो दिया था और यह दामाद ऐसा था और काबिल था। जिसे खो चुका था। वो भरने के और कुछ नहीं कर पाया वही उसके पास ही खड़े जोरावर और बाकी लोग भी एक दूसरे को देख कर अपना सिर हिलाते रहे की इंद्रवदन ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी जाहिर सी बात है की ध्रुव की ताकत देख कर वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे और उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की थी ध्रुव ने अकेले ट्रेन करते हुए ये देख सकता था, कि ऐसे मुकाबले के लिए ध्रुव ने अपना खून पसीना बहाते हुए खुद को ट्रेन किया था इसके साथ ही उसने इस दुनिया के बहुत से खतरों का सामना करके जिंदगी और मौत की लड़ाई भी लड़ी थी जिस वजह से वो लारा को इस तरह से हरा पाया था क्योंकि लारा की चाहे कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग क्यों ना रही हो, उसे कभी ज़िंदगी और मौत की लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी थी वहीफाक में, खड़े में ने भी अपना हुए ये लड़का सच में कुछ अलग ही चीज है वक्त के साथ साथ ये जरूर एक दिन एक महान योद्धा बन जाएगा इस तरह की तारीफ मेघावत ने ना जाने कितने सालों में पहली बार किसी जवान लड़के के लिए की थी दूसरी ओर युगराल ने आसमान में देख एक राहत की सांस ली लेकिन इसके तुरंत बाद अचानक से उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगी क्योंकि यही सोचते हुए युगराल ने अपनी नजरे पत्थर से बनी कुर्सियों पर बैठे अंबर दल के बुजुर्गो की तरफ की तभी उसे देखा की बीच में बैठे बुजुर्ग ओलाफ के चेहरे पर इस वक्त एक अजीब सी नाराजगी दिखाई दे रही थी उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव ने उसकी बेजती कर दी हो इतने में अचानक युगराल ने धीरे धीरे अपने हाथों पर ठंडी शक्तियां एक अजीब सा गुस्सा था क्यूँकी उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ध्रुव उसकी बात ना मानकर अंबर दल की ऐसी बेजती कर देगा तभी अचानक से दल के एक बुजुर्ग ने ओलाफ से सवाल किया बुजुर्ग औलाफ अब हम लोग क्या करे लारा तो ये मुकाबला हार गई तो फिलहाल वहां मौजूद नहीं थी इसलिए सबसे बड़े बुजुर्ग होने के नाते उसे कोई ना कोई तरीका तो सोचना ही था अपने दल की इज्जत बचाने का यही सब सोचते हुए ओलाफ के दल में एक सवाल उठने लगा लेकिन अगर हम लोगों ने इतने सारे ताकतवर दलों के लीडर्स के सामने कोई अच्छा बहाना नहीं ढूंढा इस लड़के को सबक सिखाने का तो ना जाने हम अपनी इज्जत कैसे बचाएंगे और अगर हम इस लड़के के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं फिर तो हमारे अंबरदल के योद्धाओं में और डाकुओं में कोई फर्क नहीं बचेगा वही ओलाफ इस बारे में सोचकर अपनी नज़रें घुमाई रहा था कि अचानक से उसकी नजर पास ही बैठे बुखरात पर पड़ी बुखरात फिलहाल ऐसा दिख रहा था जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो वो इस वक्त लगातार ध्रुव को देखे जा रहा था और उसके चेहरे की हैरानी को देखकर पहले से नाराज दिख रहा ओलाफ को और ज्यादा गुस्सा आ गया उसके बाद उसने अपनी धीमी आवाज में से कहा, अरे की सुनते ही, अचानक से लगा और फिर उसने खुद को संभालना शुरू किया उसके बाद थोड़ी हिम्मत करके बुखरात ने अपना सर घुमा कर अपनी कांपती हुई उंगली से ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए कहा बुजुर्ग ओलाफ लड़का लड़का वही रहस्यमय लड़का है जिसने मायूसी को देख रहा था जिसके साथ ही ध्रुव की आंखों में बहुत थकान भी दिखाई देने लगी जाहिर सी बात है की इस तीन साल की शर्त को पूरा करने के लिए उसे अपने दल से कितना दूर होना पड़ा था और उस लड़की से भी जिसकी उसे सबसे ज्यादा फिक्र थी लेकिन अब जो आखिरकार वो शर्म खत्म ध्रुव तो ने का, महसूस किया कि लारा के पास से एक कागज का टुकड़ा उड़कर ध्रुव के पास आ गया फिर ध्रुव ने जैसे ही वो कागज पकड़कर उसे पढ़ना शुरू किया तो अचानक से उसका पूरा शरीर एक पल के लिए जम गया ध्रुव ने देखा कि उस कागज पर कुछ छेद हो रखे थे और उसे ध्रुव अच्छी तरह पहचान गया था यह वही कागज था जिस पर ध्रुव ने तीन साल पहले लारा को रिवोर्स दिया था फिर ध्रुव उस कागज को कुछ देर तक तो घूरता रहा जिसके बाद उसने लारा की तरफ नजर खुमाई जो अधिक अपना पैर जमीन पर पटका और वो लारा के पास पहुंच गया और उसके पास पहुंचते ही ध्रुव ने देखा की लारा की सांसें फिलहाल बहुत धीमी हो रही थी ये देखकर ध्रुव ने तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी में से जख्म ठीक करने वाली दबा बाहर निकाली और उसे लारा के मुंह के अंदर डालते हुए उसने लारा को उठाकर पास के एक पत्थर पर टिका दिया और फिर अगले ही कुछ पलों में अचानक से लारा खाँसने लगी वही खांसने के तुरंत बाद लारा ने अपने सीने को रगड़ना शुरू किया क्योंकि ध्रुव का हमला बहुत ही ज्यादा ताकतवर था इसके साथ ही उसके मुंह से थोड़ा-थोड़ा खून बाहर आने लगा, लेकिन पहले के मुकाबले लारा की हालत काफी बेहतर दिख रही थी तभी लारा ने धीरे से अपना सिर उठा ध्रुव की तरफ देखा और तभी उसे वो सफेद रंग का कागज भी दिखाई दिया फिर उस कागज को देखकर लारा के चेहरे का रंग अचानक से बदलने लगा और कुछ देर तक चुप रहने के बाद उसने हिम्मत करते हुए ध्रुव से कहा ध्रुव तुम मुकाबला जीत गए और जैसा कि हमारी शर्त थी मुकाबला हारने पर मुझे तुम्हारा गुलाम बनना ही पड़ेगा लेकिन अंबर दल की इज्जत का ख्याल रखते हुए मुझे माफ करना कि मैं वो नहीं कर पाऊंगी मगर मैं जानती हूं कि मेरे गुरूर और मेरे फैसलों की वजह से तुम्हें काफी ठेस पहुंची है इसलिए मुझे अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका दो अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैंने शौर्य दल आकर जिस तरह से रिश्ता तोड़ा वो बहुत गलत था इसलिए जब भी तुम वापस मैसोडोरिया लौटोगे तो अंकल को तुरंत एक तलवार बाहर निकालते हुए उस तलवार से अपने गले पर एक जानलेवा वार किया वही लारा की इस हरकत को देखकर मैदान में मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा खौफ में आ गए उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि यह मुकाबला हारने पर लारा खुद खुशी करने लगेगी और तो और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो लारा को ऐसा करने से रोकना चाह रहे थे लेकिन लारा उनसे काफी दूरी थी लेकिन लारा से उनकी दूरी काफी ज्यादा थी यही वजह थी कि लारा की वो तेज धार वाली तलवार उसके गले के बिल्कुल नजदीक आ गई और उसकी जान लेने ही वाली थी कि तभी अचानक से एक आवाज हुई और सभी ने देखा कि जैसे ही लारा की तलवार उसके गले को काटने ही वाली थी कि तभी अचानक ध्रुव का हाथ बीच में आ गया और उसने तलवार को तुरंत रोक दिया लेकिन वो तलवार लारा के गले के इतने करीब आ गई थी कि उसके गले पर एक खरोच पड़ गई जिसमें से थोड़ा सा खून निकलने लगा मगर किस्मत से खरोच जानलेवा नहीं थी वही दूसरी ओर ध्रुव के हाथ पर तलवार रोकने से एक बहुत गहरा जख्म हो गया था जिसमे से ढेर सारा खून निकलने लगा वही उस खून को बहते देख लारा ने आंखों में हैरानी के साथ ध्रुव की तरफ देखा तभी ध्रुव ने लारा की तरफ नजरे घुमाते हुए उससे कहा देखो लारा मुझे तुम्हें अपना गुलाम बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है इसलिए तुम्हे अंबर दल की इज्जत रखने के लिए ऐसी चीज करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे तो ध्रुव लारा से मुकाबला थी इसलिए अगर गलती से भी लारा खुद खुशी कर लेती तो शायद पूरा अंबर दल और जयान परिवार ध्रुव से बहुत ज्यादा नाराज हो जाता उसके बाद उन लोगों के बीच एक ऐसी दुश्मनी पैदा हो जाती जिसे मिटाना नामुमकिन हो जाता और ध्रुव फिलहाल किसी से कोई दुश्मनी करना नहीं चाहता था वो तो सिर्फ लारा को मुकाबले में हरा कर अपने पिता और अपने दल की खोई हुई इज्जत वापस हासिल करना चाहता था इतने में ध्रुव ने लारा के हाथ से वो तलवार छीनकर उसे मैदान में फेंकते हुए कहा हमारे बीच की तीन साल की शर्त अब खत्म हुई आगे से हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे और ना ही एक दूसरे के रास्ते में आएंगे तुम्हारी आज की हार तुम्हारी तीन साल पहले के फैसले की कीमत मानी जा सकती है जिस वजह से मेरे और मेरे दल को बहुत नुकसान हुआ और तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि इस तरह के कागज के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं होती है यह कह कहकर ध्रुव ने तुरंत अपने हाथ में रखे हरे कमल की दिव्य रोशनी को जलाते हुए उस कागज को जलाकर राख कर दिया जो मैदान में चलती हवा में इधर उधर बिखर गया ऐसा करते ही ध्रुव ने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट के साथ लारा से गूंजती हुई आवाज में कहा आज मैं एक बार फिर तुमसे वही कहता हूँ जो मैंने तुमसे तीन साल पहले कहा था लारा जयान आगे से तुम्हारे और शौर्य दल के बीच कोई रिश्ता नहीं रहेगा बधाई हो अब तुम पूरी तरह से आजाद हो ध्रुव की बात सुनकर लारा हैरानी के साथ उसे मुस्कुराते हुए देखती रही वैसे तो लारा को आखिरकार वो आजादी मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी लेकिन इसके बावजूद उसे मनी मन कुछ अधूरा लग रहा था तभी ध्रुव ने मैदान में मौजूद सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये मुकाबला यहीं पर खत्म हुआ अब आप लोग अपने अपने कामों में वापस लौट सकते हैं इतना कहकर ध्रुव ने अपना सिर ऊपर उठाया और फिर वो पेड़ों के पास खड़े सभी लोगों को देख मुस्कुराने लगा इसके बाद वो तुरंत मुड़कर कुछ कदम आगे चला जहां से उसने अपनी भारी काले रंग की तलवार उठाई और उसे एक छटके में पर टांग अचानक से उसे एक आवाज सुनाई थी जिस वजह से वो सहम गया ध्रुव श्योर है आपको कुछ देर यही रुकना पड़ेगा दरअसल कुछ बातें जो हम आपसे करना चाहते हैं इसलिए आप बाहर नहीं जा सकते और मैदान में गूंज दी ये आवाज सुनकर ध्रुव ने एक नजरे पत्थर की कुर्सी पर बैठे अंबर दल के बुजुर्ग उलाफ की तरफ की जो फिलहाल थोड़ा अजीब दिख रहा था यही देखकर युगराल ने धीमी आवाज में खुद से कहा मारे गए कहीं ध्रुव को किसी ने पहचान तो नहीं लिया ये कहते वक्त युगराल के शरीर से शक्तियां लगातार बाहर निकलने लगी थी दूसरी ओर जैसी ओलाफ की बात मैदान में गूंजने लगी तो वहां मौजूद सभी की नजरें एक बार फिर ध्रुव पर चली गईं। इतने में लारा ने भी अपने मुंह से खून पहुंचते हुए ध्रुव की तरफ देखा जिसके बाद उसने पलटकर कर बुजुर्ग ओलाफ और बाकी से कहा बुजुर्ग ओलाफ आज के मुकाबले में मैं सच में ध्रुव से कमजोर थी इस पर बुजुर्ग ओलाफ ने अपना हाथ हिलाते हुए लारा से कहा लारा ये बात तुम्हारे मुकाबले को लेकर नहीं है इसलिए मेरी समझाइश रहेगी कि तुम मैदान से अलग हो जाओ और उलाफ के चेहरे को देखकर एक पल के लिए तो लारा भी हैरान हो वो पहले तो थोड़ा लगी लेकिन इस दौरान अंबर के बहुत से मेम्बर्स उठ खड़े हो गए और लारा के बैठने के लिए जगह बनाने लगे इतने में पेड़ के पास खड़े हकीम जारात के चेहरे पर काफी हैरानी दिखाई देने लगी जिसके साथ उन्होंने सवाल किया अब क्या कर दिया इस लड़के ने ये कहकर वो मेघावत की तरफ देखने लगे जो जारांत जैसे ही हैरत में पड़े हुए थे फिर एक पल के लिए कुछ सोचकर मेघावत ने परेशान होते हुए कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि अंबर से इसे जबरदस्ती रोकना चाहता है क्योंकि ये दल की होने वाली लीडर से मुकाबला जीत गया यह सुनकर जारांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा नहीं वो लोग ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेंगे नहीं तो अंबर का नाम खराब हो जाएगा इतना कहकर जारांत ने तुरंत बगल में खड़े युगराल की तरफ देखा और अचानक कुछ महसूस कर उन्होंने सवाल किया युगराल, सब ठीक तो है। है जाहिर सी बात है कि एक ताकतवर हकीम होने के नाते हकीम के अंदरूनी शक्ति में मेघावत से काफी ताकतवर थी यही वजह थी कि युगराल के शरीर से निकलती शक्तियों को वो अच्छी तरह समझ पा रहे थे वहीं जारांत के सवाल पर युगराल ने तुरंत अपना सिरे लाते हुए जवाब दिया नहीं तो कुछ भी तो नहीं हुआ इसके साथ ही वो लगातार ध्रुव की पीठ की तरफ देख रहा था ध्रुव की पहचान तो ने अपनी बात कही तो पूरे मैदान में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया इस दौरान बहुत सी हैरान नजरे ध्रुव की तरफ देखी जा रही थी जो अपनी जगह पर से जरा भी नहीं हिल रहा था इस दौरान ओलाफ भी ध्रुव को ही देख रहा था और वो लगातार अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करने लगा ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ध्रुव ने गलती से भी भागने की कोशिश की तो ओलाफ अपनी शक्तियों केन्नाटा दे कुछ देर तक बरकरार ओलाफ उस पर हमला करने के लिए तैयार होने लगा लेकिन तभी ध्रुव ने आवाज में शांति के साथ ओलाफ से कहा बुजुर्ग ओलाफ वो कौन सी बात है जिसके लिए आप मुझे रोकना चाह रहे हैं और इस सवाल के तुरंत बाद मैदान में मौजूद सभी की नजरे बुजुर्ग ओलाफ की तरफ होने लगी अंबर दल के कुछ बुजुर्गो के अलावा बाकी किसी भी खबर भी नहीं थी कि को रोकना चाह रहा मुझे लगता है की तुम्हें हमारे अजीज दोस्त मिशाक के मरने के बारे में तो पता ही होगा जो तो कुछ महीनों पहले ही मरा था और जैसे ओलाफ के मुंह से सवाल निकला तो मैदान में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी सभी जानते थे अंबर दल के लिए मिशाक बहुत ही खास था। यही वजह थी कि के बुजुर्गों से उसका रिश्ता काफी मजबूत था इसलिए जब कुछ वक्त पहले उसकी मौत हुई तो अंबर दल में एक अजीब सी हलचल फैल गई यहां तक कि अंबर दल ने खास टीम तैयार करके उसे होनारा शहर तक भेज दिया ताकि वो इस मामले की अच्छी तरह से जांच करें लेकिन जितना भी उस टीम को अभी तक पता चला था उस हिसाब से दो बहुत ही ताकतवर रहस्यमयी लोग अचानक से मिशाक के जन्मदिन पर आए और उन्होंने मिशाक को जान से मार दिया इसके अलावा अंबरदल के पास कोई और जानकारी नहीं थी कि आखिर वो दो ताकतवर रहस्यमयी लोग थे कौन यही वजह थी कि मिशाक की मौत दल के बुजुर्गो को इतनी बुरी चुभी लेकिन बुखरात की वजह से औलाफ के सामने मामला फिर से लाया गया था मगर सभी लोग इस वक्त ये सोच रहे थे कि मामला अचानक से क्यों उठाया गया कहीं उलाफ को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मिशाक को मारने में ध्रुव का भी हाथ था और जैसे ही सवाल सभी के जहन में आया तो बहुत से लोगों को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो भी सकता था ऐसा इसलिए क्योंकि सभी जानते थे कि मिशाक एक द्रोण रैंक का ताकतवर योद्धा था रही बात ध्रुव की तो वो ज्यादा से ज्यादा एक महादक्ष था इसका मतलब दोनों की ताकतों के बीच का फासला आसमान और जमीन के फासले जैसा था तो फिर ध्रुव कैसे मिशाक को जान से मार सकता था लेकिन उलाफ तो ऐसी बातों को नजरअंदाज करता रहा बल्कि वो तो इस वक्त लगातार ध्रुव को ही देखे जा रहा था और उसके जवाब का इंतजार कर रहा था इस दौरान ध्रुव के हाथ जरा से कांपने महसूस नहीं कर पाया दल की धड़कन भी काफी हो जिसे उसने सांस लेते शांत किया फिर जैसे उसके दिल की धड़कन शांत हुई तो वो पलट कर एक बार फिर मैदान में मौजूद अंबर दल के सभी मेम्बर्स की तरफ देखने लगा और एक पल कुछ सोचने के बाद ध्रुव ने थोड़ा हैरान होते हुए ओलाफ से सवाल किया बुजुर्ग ओलाफ तो आप इस बात से कहना क्या चाह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मिशाक की मौत के पीछे ओलाफ हाँ ने मुस्कुराते अच्छा, तो हुए पास ही बैठे बुखरात की तरफ इशारा किया और भारी आवाज में ध्रुप से आगे कहा इतफाक से लारा और बुखरात भी मिशाक के जन्मदिन के लिए मोहार महल में मौजूद थे इसलिए जब उस रहस्यमय लड़के का मिशाख से मुकाबला हो रहा था तब बुखरात की भी उस लड़के से लड़ाई हुई थी इस दौरान बुखरात ने उस रहस्यमयी लड़के का चेहरा देखा था लेकिन वो दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता था कि आखिर वो लड़का था कौन मगर कुछ ही वक्त पहले उसे यकीन हो गया है कि वो रहस्यमयी लड़का कोई और नहीं बल्कि शौर्य दल के साहिब ज्यादे ध्रुव ही थे और उलाफ की बात के तुरंत बाद एक खौफनाक खामोशी पूरे मैदान में गूंजने लगी साथ ही सभी के चेहरों पर एक हैरानी थी जिसके साथ वो ओलाफ को देखे जा रहे थे दरअसल वो लोग ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ध्रुव ने ऐसा काम किया तो किया कैसे वही ओलाफ की बात सुनकर पेड़ पर मौजूद खुले खुले की इसलिए उन्हें समझ आ गया था कि जिस रहस्यमय इंसान ने मिशाक को जान से मारा था वो जरूर उसके बराबर तो ताकतवर था ही लेकिन अगर मिशाख का कातल सच में ध्रुव था तो इसका मतलब तो ये होता की ध्रुव भी एक शक्ति सम्राट था इसलिए मेघावत की समझ में एक बात नहीं आ रही थी कि एक जवान लड़का जो 20 साल का भी नहीं हुआ था वो आखिर कैसे एक शक्ति सम्राट हो सकता था क्योंकि अगर कोई अपनी माँ के पेट से भी ट्रेनिंग करता हुआ है, तो भी इतनी कम उम्र में ये रैंक हासिल करना नामुमकिन था इस दौरान मेघावत और जारांत एक दूसरे को हैरत में देखते रहे उनके चेहरों की परेशानी इस वक्त साफ साफ नजर आ रही थी वैसे तो मनी वो इस बात को समझते थे कि ध्रुव का वो रहस्यमय इंसान होना तकरीबन नामुमकिन था लेकिन उन्होंने ध्रुव को ऐसी चीजें करते हुए पहले भी देखा था जिसे लोग तकरीबन नामुमकिन समझते थे यही वजह थी कि वैसे तो ओलाफ के लफ्ज पर लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे लेकिन मेघावत और जारांत इस बात को भी समझते थे कि ओलाफ इतना बेवकूफ तो था नहीं कि बिना यकीन के ऐसा इल्जाम लगा दे लेकिन जो सवाल सभी के दिमाग में इस वक्त कूज रहा था वो ये था कि क्या ओलाफ के पास इस का कोई सबूत था कि ध्रुव ही मिशाक का कातल था और अगर गलती से भी ये बात सच निकली फिर तो ये जवान लड़का सच में बहुत खतरनाक था वहीं इस वक्त मेघावत और जारान से थोड़ी दूरी वदन, और बाकी सभी लोग भी परेशान दिख रहे थे की मानना उनके लिए भी काफी था। लेकिन अगर उनकी बातों में जरा भी सच हुआ फिर तो सभी ने ध्रुप की जिस मौजूदा शक्ति को देखा था वो तो सिर्फ उसकी असली शक्ति का एक हिस्सा थी दूसरी ओर ध्रुप ने मैदान में फैले सन्नाटे को अच्छी तरह से महसूस किया और सभी की नजरे घुमाते हुए सभी के हैरान चेहरों को देखा और फिर नजरें घुमाते हुए उसकी पहुंची जो ध्रुव पर कहा बुजुर्ग ओलाफ सच कहूं तो मुझे आपके दल के अजीज दोस्त मिशाख की मौत के बारे में सुनकर काफी बुरा लगा था लेकिन उनके मरने का मतलब ये थोड़ी है की कि आप किसी पर भी ऐसे इल्जाम लगाते फिरेंगे सभी लोग अच्छे से जानते हैं की मिशाक एक द्रोण रैंक का योद्धा था और तो और जिस कातल ने उन्हें जान से मारा था वो इतना ताकतवर था की उसने सभी के सामने मिशाख को मार दिया इसका मतलब की वो रहस्यमय इंसान जरूर शक्तिमान रैंक का तो होगा ही अब आप ही बताइए की आपको लगता है की मैं शक्तिमान रैंक के योद्धा जितना ताकतवर हूँ क्यूँकी अगर आपको ऐसा लगता है फिर तो आप मुझे कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रहे हैं और तो और आप ऐसा इल्जाम मुझ पर बुजुर्ग बुखरात की बात सुनकर लगा रहे हैं इसका मतलब आप सिर्फ उनकी बात पर यकीन करके इस बात को मान रहे हैं कि मैंने मिशाक को जान से मार दिया वहीफ्र की कोशिश करेगा लेकिन अगर बुखरात के चेहरे पर इस वक्त बारह न बजे होते तो शायद ओलाफ भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि ध्रुव और वो रहस्यमयी लड़का ताकत के मामले में बहुत दूर थे लेकिन आ भरते हुए ओलाफ ने बुखरात का खौफ से भरा चेहरा याद किया जिसके बाद उसने लारा की तरफ नजरें घुमाते हुए भारी आवाज में कहा लारा तुम ध्रुव तो तो और उस रह लड़के में कोई फर्क था या नहीं और उलाफ की बातों के साथ ही मैदान में मौजूद सभी की नजरे एक छटके में लारा की तरफ हो गई इसमें ध्रुव की नजरे भी शामिल थे जो दरवाजे के पास खड़ा था वही उलाफ के सवाल को सुनकर लारा ने धीरे से अपना सर घुमाते हुए ध्रुव को गौर से देखना शुरू किया। फिर जैसे-जैसे लारा ध्रुव को देखती गई तो मैदान में मौजूद लोगों की धड़कनें तेज होने लगी सभी जानते थे कि ऐसे मौके पर लारा की बातों से ध्रुव पर शक और ज्यादा बढ़ जाएगा फिर अगले कुछ पलों तक मैदान में एक अजीब सी शांति बरकरार रही जिसे तोड़ते हुए लारा ने धीरे से कहा हजुर गोलाफ वो रहस्यमय लड़का एक बड़ा सा काले रंग का कोट पहने हुए था जिससे उसका शरीर ढका हुआ था इसलिए मैं इस बात का पता नहीं लगा सकती कि ध्रुव और वो लड़का एक ही है या नहीं और लारा के मुंह से ये जवाब सुनकर ध्रुव ने मनी मन एक राहत की सांस ली लेकिन उसके जवाब से ओलाफ के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई देने लगी तभी अचानक ओलाफ के पास बैठे बुखराह को कुछ याद आया और उसने तुरंत चिल्लाते हुए कहा हाँ मुझे एक और बात याद आई उस दिन उस रहस्यमयी लड़के ने एक बहुत ही खतरनाक सफेद रोशनी का इस्तेमाल कर मिशाक को मारा था फिर बुखरात की बात सुनते ही पेड़ के पास खड़े जारांत इंद्र इंद्रवदन और बाकी सभी लोगों के चेहरे का रंग बदलता हुआ समझ आने लगा उन्हें अचानक से याद आया कि हकीम कॉम्पिटिशन जीतने के लिए ध्रुव ने एक रहस्यमय सफेद रंग की रोशनी का इस्तेमाल किया था इसके साथ ही सभी के दिल तेजी से धड़कने लगे दूसरी ओर ध्रुव के चेहरे पर हल्की मायूसी छाने लगी क्या ध्रुव अंबर पर्वत से सही सलामत निकल पाएगा या फिर ओलाफ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है ये जानने के लिए आपको सुनना होगा देवने नोन लिया के साथ 去紅牛小將。